अपराधियों के हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं वे खुलेआम जनता में दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे एक ऐसे ही अपराधी की जनता ने छतरपुर में जमकर धुनाई कर दी यह बदमाश कट्टा लेकर दहशत फैला रहा था इस धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है समाज में कितने ही कड़े कानून बन जाए लेकिन इन दहशत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये आतंक फैलाने से बाज नहीं आते है ये जनता को इतना परेशान कर देते है की जनता मजबूर होकर इनके खिलाफ एक्शन ले लेती है एक ऐसा ही मामला सामने आया है छतरपुर से जहां आदतन अपराधी मोनू भुर्जी कट्टा लेकर जनता को डरा रहा था जनता ने इसे पकड़कर चप्पल और लात घूसो से जमकर पिटाई कर दी इस पिटाई का वीडियो मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है आपको बता दें मोनू भुर्जी के खिलाफ थाने में सत्रह आपराधिक मामले दर्ज है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं